उजलोदर से पीड़ित होंगे, होंगे, दुखी हो तब उनने कहा जाकर मार्श वशिष्ठ के पास कि आप मेरे हैं, कुछ कुछ न बताओ, अभी जलोदर से नहीं और पीड़ित हो गए इसके लिए मुझे क्या करना होगा तो उन्होंने सब तरफ से देखा और कहा कि मैं फिर भी वरुण देवता से प्रार्थना करता हूं इसके बदले में किसी ब्राह्मण पुत्र को उसके ही आयु का हो अगर उसको ब्री दी जाए तो तेरे इस उधर जलोदर के इस बीमारी को मैं कम कर सकता हूं। उसने कहा। आप ने कहा, तो ठीक तो है। वो अब ढूंढने लगे कि कहा पुत्र कहा कौन मिलेगा? तब कहाित नाम का एक ब्राह्मण था उस असित नाम के ब्राह्मण ने ब्राह्मण के पास बहुत बहुत बहुत दरिद्रता, घना दरिद्र था, था वो। तो उसके चार पुत्र थे उसमें उसने कहा कि हरिश्चंद्र राजा कहते हैं मुझे पर्याप्त धन देते हैं तो मैं मेरे पुत्र को बलि के लिए दे दूंगा उनके चार पुत्र थे जिसमें शून शेप था और उसके नाना चार पुत्रों के नाम थे तो उन्होंने उस वही के उसकी आयु के बराबर शून्य शेख को चयन चयन कर लिया और कहा कि मैं इसको बलि देने के लिए तैयार हूँ तो उन्होंने कहा हजार गाय उस दस हजार गाय और उसके साथ साथ धन ऐश्वर्य और घर आदि सब दे दूंगा वो बहुत संतुष्ट हो गया और पुत्र को दे दिया वशिष्ठ महार्ष ने वरने ने आरम्भ कर दिया और कहा कि वरुण जी उनका पुत्र नहीं मिल रहा है तो उसके बदले में मैं इन्हें बलि देना चाहता हूँ वरुण संतुष्ट नहीं थे थे बांध दिया गया और जब सुन शिव को पता चल गया कि मेरे पिता ने बलि देने के लिए मुझे बेच दिया है हरिश्चंद्र राजा को तो वो भी बहुत दुखी हो गया क्या करता गरीब था उसको खंबे को बांध दिया गया और वाले थे। विश्वामित्र को पता चला। इच्छा के अगर तुम बलि देते तो हो बलि कैसी होगी तुम क्यों बलि दे रहे हो बलि नहीं दे सकते और तुम बलि दे रहे हो तो बलि स्वीकार करनी जाएगी मैं वरुण देवता को प्रार्थना करता हूं वशिष्ठ परेशान हुए हरिश्चंद्र देखकर ये परेशान हो गए कि इधर अगर बली रुक गई तो जल उधर कम नहीं होगा और विश्वामित्र कहते हैं तो विश्वामित्र ने कहा कि मेरी तपस्या का पूर्ण फल देता हूँ और मैं विश्वामित्र को बिना बली के बचा लेता हूँ वरुण देवता को देखकर तब तो वशिष्ठ का अपमान हुआ क्योंकि वो कुल गुरु थे जो कार्य नहीं कर सके विश्वामित्र ने करने के लिए कहा विश्वामित्र ये क्यों करना चाहते थे तो विश्वामित्र की एक पत्नी थी उसका नाम था उषाह वो और थे और उनके साथ उनका प्रेम हो गया था था उसका ही पुत्र यह तो उन्होंने ये जब देखा कि ऐसा हो रहा है तो विश्वामित्र ने जब उसको रोका और जब उन्होंने अंतर्धान अपने मन से ध्यान में देखा ये तो मेरा ही पुत्र है मुझे तो इसको बताना है हुआ तो उस उषा को हरिश्चंद्र ने जब वो खाने के लिए भी दरिद्र होकर वन वन घूम रही थी उसको हकाल दिया गया था उसको श्राप दे दिया गया था तो वो वन वन घूम रही थी तब और उषामित्र तपस्या में चले गए थे उस समय उस स्त्री को हरिश्चंद्र ने अपने घर से अन्न दाना भी दे देकर उसको पाला पोसा और उसको एक झुपड़ी लगा के दी जब विश्वामित्र तपस्या से वापस आए तो उषा को पूछा कि तेरा ये हाल किसने तुझे किसने दिया यह दानदान तू यहाँ कैसा जीती रही किस प्रकार रही तूने जी तुने बताया कि राजा हरिश्चंद्र ने मुझे खाना वगैरह दिया है तो उनका ऋण मैं चुकाने चुका देना चाहिए और उन्हें उस ऋण को चुकाने के लिए वहां आए और उन्होंने कहा बलि की प्रथा तुमने कब से सारंभ की मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ हरिश्चंद्र ने कहा भी होगा तुमने बलि लेने की बात भी कही होगी मैं मेरे तपस्या का फल पूर्ण देकर इस बलि प्रथा को मैं यहाँ रोक देना चाहता हूँ और बचाना चाहता हूँ जब विश्वामित्र कर रहे तो विश्वामित्र का गुस्सा उनको पता था नहीं कहूं तो ये क्या कह देंगे कुछ पता नहीं वरुण देवता ने कहा ठीक है मैं उनकी जलोदर को कम कर देता हूँ शिव को बचाएगा। तो वरुण देवता ने कहा कि अब मैं किसका बेटा हूं बेच देने से मैं उसका शिव का तो बेटा नहीं खरीदने वाले हरिश्चंद्र का बेटा हूं लेकिन बड़ी पीठ में चढ़ाने से मैं हरिश्चंद्र का बेटा भी नहीं तो मैं अब किसका बेटा हूँ ये मुझे बता दें तो क्षिप का, का, का, का, भी भी भी इस, तो का भी आह्वान किया जाएगा और वर्ण देवता में दो कलश स्थापन करते हुए एक वरुण के पुत्र की और एक वर्ण देवता की स्थापना करते हुए इसकी पूजा की जाती है कलश का विधान है बहुत सारे वो जानते हैं अच्छी फिर भी मैं बता रहा हूँ पूजा की जाती है की महर्षि कुल गुरु होकर भे मुझ पर ये संकट क्यों आया तो वशिष्ठ कहते हैं कि इसका, इसका क्या हुआ तो वरुण देवता ने वरुण देवता ने बताया कि वरुण देवता देवता के के के कहने पर कलश की की पूजा पूजा होने बाद उन्होंने कहा कि यह यह जो आज स्थिति है, है कुल देवता की पूजा ना करने की कारण हुई। जब यह पता चला कि पिताजी को बचा लिया गया है अब उनका पुत्र राहुल भाग के आ गया राहुल भाग के आया और जब आया तो सपने राज्याभिषेक हुआ राहुल का और से सा, हुई कुलदेवता की पूजा पूजा हुई हुई। भी हुआ और जब ये पूर्ण हो रही थी हो रहा था तो राजा हरिश्चंद्र अपने कुल गुरु को बुला बुलाकर पूजा कर रहा था वो भूल गया कि विश्वामित्र को बुलाना चाहिए जब विश्वामित्र को पता चला कि इतना सब करके मैं उसको बचाने के बाद उसके पुत्र को सबको बचाने के बाद भी या आज मुझे भूल गया वे राज्य में आए और कहा कि क्या वशिष्ठ जिस कार्य को आप नहीं कर सके उसको मैंने करके बताया क्या है? पढ़ते कुलगुरु को बुलाकर पूजा कर रहे हैं सत्यवादी है और वो जो करता है वो मेरे कहने पर उसने किया है को कर उसको कोई हरा नहीं सकता कहते हैं कि अगर बात सत्य परीक्षा और विश्वामित्र ने सत्य की परीक्षा आरम की, की बहुत सारे लोगों को इसका पता है कि राजा हरिश्चंद्र की सत्य परीक्षा किस तरह ले गई क्या हुआ ये सारी चीज आपको सबको पता है उसके बाद राजा हरिश्चंद्र ने जब यह कहा था फिर वशिष्ठ और विश्वामित्र के साथ राजा हरिश्चंद्र के पिता का नाम त्रिशंकु था त्रिशंकु भी किसी तपस्या और किसी के कारण वो भी सांकु को वशिष्ठ ने स्वर्ग नहीं भेजने की बात कही त्रिशंकु को भी विश्वामित्र ने अपना नूतन स्वर्ग सृष्टि करते हुए उन्होंने कहा था वहां भी कुल देवता की पूजा नहीं त्रिशंकु को यहाँ लाकर उन्होंने फिर कुल देवता की पूजा करवाई और कहा इस प्रकार मैं आपको कहता हूं कि ये श्री रंग रघुवंश को सूर्य नारायण वंश को श्रेष्ठता के साथ कहा जाता है और कहा जाता है कि जो इस मुक्तिनाथ में आकर यहां सभी ऋषियों ने जब उनका पश्चात शाप हुआ तो वरुण देवता ने कहा कि आज से जो कुल देवता को भूल भी जाता है जो कुलदेवता की पूजा भी नहीं करता जो कुलदेवता को चाहता नहीं इसके मैंने यहाँ वरुण के रूप में एक कुंड स्थापन किए हैं और यहाँ एक पापी कुंड और कुंडिका दो भी स्थापन किया और रात में या स्नान, स्नान करे में में कु का दोषेवता की पूजा भी उसने कभी नहीं की या उसने नहीं किया तो उसको उस सारे पूजा धन्य करते हुए उसके वंश को बढ़ाने का उसको पति और सुख सहारा देकर उसके पुत्र और पोत्रों तक सात पीढ़ियों तक तो उसके उसके घर में वंश दूंगा उनके घर में अच्छा पति पत्र और परिवार करूंगा जो इस 108 कुंडों के जल से स्नान कर लेते हैं और इस पापी कुंड में, में स्नान करते हैं उनको यह मैं आशीर्वाद देता हूँ श्रीवण देवता ने कहा यह मुक्तिनाथ का श्रेष्ठ श्रीरंग धाम यहाँ जहाँ विष्णु श्रेष्ठ है और इसके बाद जब प्रलय हुआ तो उसके बाद नर भी आए और यही नरनारायण अपने में कहते हैं कि बाद में द्वापर युग में श्री कृष्ण और अर्जुन हुए उसके बाद यही मच्छरनाथ और गोरखनाथ हुए ना संप्रदाय में यहाँ एक पहले से कलपुरक्ष रहता था उस कल की पूजा कहते हैं कि उस में 33 कोटि पत्ते पत्ते थे उसको और ना संप्रदाय के लोगों ने उसके सामने तपस्या करते हुए हर एक बार हर एक मंत्र को अपने सावर विधान से मंत्रों से उसकी श्रेष्ठता की और उन्हें एक एक सावर मंत्र करते गए और सावर मंत्र उस पीपल के पत्ते पर वो मंत्र था और मंत्र जैसे पीपल का पत्ता नेसी नीचे जैसा ही गिरता था अगर मैं ये मंत्र की सिद्धि देते हो, तो ये गिरा हुआ पत्ता फिर झाड़ को जाके अटक जाए ऐसा नाथ संप्रदाय के लोग कहते थे और जाके वो पत्ता चिपक जाता था इस प्रकार उन्होंने तैतीस कोटि देवताओं की सिद्धि यानी इस यहाँ की पिप, आज पीपल का वृक्ष दिखता नहीं हो या है या नहीं हो ये बात अलग है लेकिन यहाँ कल्प था और नाथ संप्रदाय की पूर्ण मंत्र की शाखाएं मंत्र की विधान मंत्र का श्रेष्ठता अब नाथ संप्रदाय को या नवनारायण को हम यहाँ स्मरण करते हैं या श्रेष्ठता प्राप्त करते हैं तो यहाँ मैंने जैसे आपको कहा कि दस महाविद्याओं का मैंने इस बार नवरात्र में साबर विधान का मंत्र दिया था और कहा था कि यहाँ अगर तुम एक बार में इस मंत्र को बोल लेते हो तो उसकी श्रेष्ठता आपको ना सामग्राय से प्राप्त होगी